pavitr mujhe bana de prabhu shuddh mujhe kal de prabhu pavitr mujhe bana de prabhu shuddh mujhe kal de prabhu taki te ये hey, hey, hey. तभी भी I'll uh be. -huh. Uh -huh. दे रे कैसा भी तू पर की अगला सांपे शैता सरिता कत पर दे प्रभु शो प्रभु ताकि तेरे अपने हाँ तो के कि महिला के सबने गाएंगे मैं तेरे जैसा दिखूं देखू तेरे पर की अभिलाषाओं पर अभिला सरिताऊ की तेरे जैसा शांति यार मैं से ही करूं। तेरा करूरा भजन यार मैं तुछ से हाथों को तो बता गया से betu che se hig maru radha me रहे तेरी अगुआ में, में चलूं सदा रहे तेरी अगवाई में साकी तेरे जैसा दिखूं साकी तेरे जैसा दिखूं